मेरा पहला जुरू तो मेरा पहला जुरू इश्क आखिरी है तू, मेरी तुम है, तू। तू। तू। है, तू। तू। तू। तू। है या खुशी